दुनिया की सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब अब इंडिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बनकर उभर रहा है जी हाँ गाय ऑक्सफर्ड इकोनॉमी की साल दो के रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब के क्रिएटिव नेटवर्क ने भारत की जीडीपी में 6,800 करोड़ का योगदान दिया है और सिक्स फुल टाइम इक्वैलेंट जॉब अपॉर्चुनिटी साल दो हजार बीस में करवाए हैं और यही नहीं करीबन 73 परसेंट क्रिएटिव एंटरप्रीनर्स कहते हैं YouTube पर उनके द्वारा दिया गया कंटेंट और एड के जरिए होने वाली कमाई उनके लिए एकमात्र आई कैश ग्रोथ है YouTube ने इंडियन इकोनॉमी के साथ इंडियन यूट्यूबर्स को भी पूरी दुनिया तक जोड़ा जिसने वो आज जरूरतमंद लोगों की मदद कर पा रहे हैं आप भी क्रिएटर बन YouTube इन मही में शामिल होकर इंडियन इकोनॉमी के अपना योगदान देने के साथ साथ लोगों की मदद करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में